शंभ बाबा भोले बाबा आहा शंभ बाबा मेरा कैला शिवासी शिवजी बाबा मीरा कैला शिवासी कैलाशवासी शंभु अमिनानाशी कैलाशवासी शंभु अनाशी शिवजी बाबा आहा भोले बाबा शिवजी बाबा मेरा कैला शिवासी भोले दौरा गोभी गणेश नंदी सवारी बर्फी ला डाट है गंगा माई शंभु भोले बाबा बिलासी शिवजी बाबा आहा भोले बाबा आहा शिवजी बाबा मेरा कैलाश कैलाशवासी भोले बाबा मेरा कैलाश वास भूति गल पे माला हाथ तिर सूल आई मिर्ग छाला छाला छाला भबूती गल सर्फ शमशान वासी शिवजी बाबा आहा भोले बाबा आहा शिवजी बाबा मेरा कैला शिवासी भोले बाबा मेरा कैला शिवासी भांग लू भांग लोगी मृग छाला भागल भांग, भांग ल्याी मृगछालाओगी नंदी गणबार तेरा नाचेन शंभू घट घट वासी शिवजी बाबा आहा बोले बाबा आहा शिवजी बाबा मेरा कैला शिवासी शिवजी बाबा मेरा कैला